हेलो दोस्त टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है मैं अभिषेक कुमार आज का वीडियो है कि कॉपी पेस्ट कैसे करें वो भी लैपटॉप से कॉपी करके पेस्ट तो दोस्तों फ़ोन से तो बहुत सारे दोस्त कर लेते हैं इजी है मगर लैपटॉप से नहीं कर पाते हैं तो आज लैपटॉप से कैसे करें कॉपी पेस्ट कॉपी करके वेस्ट तो चलिए हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं तो चलिए कैमरा खोलते हैं कैमरा खोलने के बाद लैपटॉप पर जाते हैं लैपटॉप पर जाने के बाद आपको हम तो पहले से क्रोम पे जाना है क्रोम को ओपन कर लेना है मान लीजिए मैं अपने चैनल पे ही जाता हूँ चैनल को देखिए यहाँ पे एक है यहाँ पे टेक्निकल मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल मेरा चैनल का नाम है तो हमको इसको कॉपी करना है क्या करना है तो देखिए पहले हम आपको मॉस दिखा देते हैं मॉस यहाँ मॉस का ये दैनिक साइड वाले बर्तन को दाबेंगे यहाँ पे जब मेरा रहेगा ये एरो जब है तो इस बटन को दाबना है इस वाले बटन को दाब के ऐसे दूर करके ले जाएंगे तो दूर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कॉपी यह है कॉपी करने के लिए देखिए यहाँ पर इंटर है इंटर इंटर यहाँ पर देखिए इंटर वाले जो बटन है इसको दाब के सी को दाबना है ये वाले सी बटन को सी वाले बटन को दाब देना है जैसे ही इस इंटर को दाबना है इंटर दाब के सी वाले बटन को देखिए ये वाला बटन ये वाले बटन को दाब देना है और यहाँ पे देखिए आपको हो चुका है हम आपको ले जा रहे हैं सर्चिंग में कैसे पेस्ट करें कॉपी तो हो गया हमको पेस्ट करना है फिर भी फिर वही करना है इंटर को दबाना है और शिवाले बटन के बगल में भी है ये भी है भी को दाब देना है देखिए भी को हम दाव रहे हैं दोस्तों तो भी को हम दावेंगे और कॉपी पेस्ट हो गया देखिए और मेरा वीडियो आ गया देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो को ओपन भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हम चलाकर भी देख सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो देख लिया आप कॉपी पेस्ट कैसे होता है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा और तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो और शेयर ज़रूर कीजिएगा